कुछ कुछ सपनों के साथ यार घर में अपनों के साथ यार कुछ कुछ सपनों के साथ यार घर में अपनों के साथ यार बाहर भी तर खाकर पीकर कैसे भी आफत में जीकर चाहे कुछ भी हो मेरे यार। बेटा लिया घर से बाहर जाए कुछ भी तू लेके आए और बाटेगा ये खुद के तू संग संग के तू सबको मारेगा को मारे गायना रात कोरोना ऐसा ना हो ना, ना ना ना चाहे कुछ भी हो मेरे यार कुछ दिन घर में बेतालिया कुछ दिन घर में बिता बेतालिया तू तू तू दे दे लुक कुछ कुछ भी भी कर कर ले या। पकाएं, सिंगल मल्टी, कर ले सिंगल ऊपर नीचे देखे ताली ठोके चाहे दिन काटे तू सोके चाहे कुछ भी हो मेरे कुछ दिन घर पे बिता ले लिया कुछ दिन, कुछ, दिन कुछ दिन घर पे बिता लिया, कुछ दिन घर पे बिता लिया, कुछ दिन घर पे बिता लिया, कुछ कुछ सपनों के साथ यार घर में अपनों के साथ यार कुछ दिन घर में बिता लिया, कुछ दिन घर में बिता लिया।